दरिया अक्सर समंदर में मिल जाता है शाम होते होते सूरज भी ढल जाता है किसी पर भरोसा करो तो सोच समझ कर करना मेरे दोस्त किसी पर भरोसा करो तो सोच समझ कर करना मेरे दोस्त मतलब निकलने के बाद इंसान भी बदल जाता है